नमस्कार राम राम दर्शकों स्वागत है आप सभी का का आपके ही चैनल आशीष पे दिनांक 29 अगस्त 2018 दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या क्या कहती हैं सितारे क्या कहते है? इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे साथ ही साथ मेष से लेकर मीन राशि तक के जो हमारे जातक वीडियो देख रहे हैं उनको शुभ उपाय आज हम बताएंगे उनका शुभ अंक क्या है शुभ रंग क्या है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें किन नेम की स्पेलिंग से वो अलर्ट रहें सावधान रहें तो दर्शकों चलिए अधिक समय ना लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले दर्शकों आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि जो है इधर चार दिन का जो है जो शेड्यूल था वो बहुत ही ज्यादा जो है डिस्टर्बिंग था तो इसके लिए आप प्लीज हमको माफ करिएगा अपना छोटा भाई समझ कर, अपना मित्र समझ कर, या जो भी आप हमको मानते हैं तो दर्शकों सबसे पहले पंचांग पर यदि आज हम दृष्टि डाल लेते हैं तो पंचांग की चलिए बात कर लेते हैं विक्रम संम्मत दो हजार असार मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी रात को नौ बजकर उनतालीस मिनट तक और इसके बाद फिर चतुर्थी तिथि लग जाएगी शक सक सकसम्मत हमारा चल रहा है 1940। सौ सूर्योदय की यदि हम बात करें जी हाँ सूर्योदय की और ये जो हमारा दर्शक को बेसिकली जो पंचांग है ये लखनऊ को मानक मान करके जो है बनाया गया है तो आप लोग को अगर देखना होगा तो लखनऊ के हिसाब से ही देखिएगा और थोड़ा बहुत आगे पीछे अंतर हो सकता है समय का देश काल परिस्थिति के अनुसार अंतर हो सकता है तो चलिए दर्शक को अधिक समय ना लेते हुए पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो सूर्योदय का जो हमने आपको बताया है कि सनराइज होगा प्रातः पांच बजकर अड़तालीस मिनट पर और सनसेट सूर्यास्त होगा शाम को अठारह बजकर छब्बीस मिनट पर इसके साथ दर्शकों राहु काल की यदि हम बात करें एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि इस दौरान आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है तो राहुकाल का जो समय रहेगा ये हमारा देखिए है बारह से तेरह मिनट तक का जो समय रहेगा राहु काल का समय रहेगा जी हाँ अब आप पूछेंगे कि शुभ कार्यों को हम किसमें करें तो तेरह बजकर बयालीस मिनट से पंद्रह बजकर नौ मिनट के बीच में आप शुभ कार्यों को निपटा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत कोई बाधा आप लोगों को नहीं आएगी तो ग्रहों का गोचर हम आपको बता देते हैं दर्शकों उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे क्योंकि तृतीया तिथि रहेगी रात को नौ बजकर उनतालीस मिनट तक की तो तृतीया तिथि के विशेषता विशेष क्या है ये हम आपको बताए दे रहे हैं देखिए दर्शकों तृतीया तिथि में नमक का सेवन नमक का दान ये बहुत कष्टकारी माना जाता है तो नमक का भच्छ भी आपको नहीं करना और नमक का दान भी आपको नहीं करना आप लोग लाइक इतना कम कर रहे हैं, इतने रहे इतने लोग देख हैं तो नमक का दान और नमक का भच्छड़ ये दोनों जो है त्याज बताया गया है इसका सेवन नहीं करना है उसके उपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी अब जैसे रात में नौ बजकर उनतालीस मिनट के बाद चतुर्थी तिथि लगेगी तो कुछ लोग खाने में जो है सलाद पे जो है मूली का यूज करते हैं तो एक हम आपको बात बताना चाहेंगे कि चतुर्थी तिथि में मूली का जो है सेवन करना बहुत ज्यादा कष्टकारी आपके लिए हो सकता है तो प्लीज आप लोग चतुर्थी तिथि में मतलब परसों कल रात से लग जाएगी और परसों तक रहेगी तो आप लोग उसका सेवन ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा ग्रहों के गोचर की यदि हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो इस समय का गोचर चल रहा है इस समय सूर्य 11 अंश पे स्व अपनी सिंह राशि में चल रहे हैं मंगल 4 अंश पे 4 डिग्री पे अपने परम उच्च राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं हमारा जो चंद्रमा रहेगा विशेषता जो है 29 अगस्त वाले दिन ये मीन राशि पर चौदह अंश चौदह डिग्री पे ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं बुद्ध की बात करें तो तेईस अंश पे कर्क राशि में बुद्ध का गोचर है वहीं बृहस्पति देवगुरु अपने जो है शत्रु दैत्य गुरु शुक्र की राशि तुला राशि में बाईस डिग्री पर गोचर कर रहे हैं शनि इस समय वक्री है धनु राशि में आठ डिग्री के होके गोचर कर रहे हैं राहु क्रमशाह दस डिग्री पे कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु दस डिग्री पे मकर राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल और केतु एक साथ इस समय एक ही राशि दिशा तो दिशा चाहिए दिशाशूल होता है दिशा मतलब होता है आपका डायरेक्शन और शूल मतलब होता है काटा तो उस डायरेक्शन में अगर आप यात्रा करेंगे तो काटा पड़ा रहेगा उस काटे से आपको कैसे बचना है कुछ छोटा सा टिप्स बता देते हैं पहली बात तो यदि आपको यात्रा करनी है सेम डे अगर आप लौट आते हैं सूर्यास्त से पहले तो आपको वो दोष नहीं लगेगा दिशाशूल का दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे यदि आप किसी कारणवश किसी इमरजेंसी वश आकस्मिक आपको यात्रा करनी पड़ रही है कोई आपातकालीन जो है परिस्थिति आ जाती है तो आप क्या करिएगा इलायची हरी इलायची का सेवन करके यात्रा कर सकते हैं जो धनिया होती है उसका आप सेवन करके यात्रा कर सकते हैं आप यात्रा कर सकते हैं आनंददायक यात्रा रहेगी तो ये सब दर्शकों देखिये छोटे छोटे उपाय है इनको अपना करके खुशहाली ला सकते हैं चलिए मेष राशि की ओर बढ़ते हमारी पहली राशि है मेष राशि के जातकों आज काम धाम को एक तरफ करके मनोरंजन के मामलों में आज आपका पूरा दिन निकलेगा कोई मूवी वगैरह देखने जीवन साथी के साथ जा सकते हैं आज आपका आकर्षण कद बहुत ज्यादा रहेगा लोगों से बातचीत में कुछ नई बातें आज आपको पता चलती हुई नजर आएगी आज, आज आप विरोधियों की कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं और अपने शत्रुओं पर प्रबल रूप से आज आप हावी हो सकते हैं इसके साथ साथ मेष राशि के जातकों कुछ मामलों में किस्मत का साथ आज आपको मिलता हुआ नजर आएगा और पिता या बड़े भाई के साथ बहस की स्थिति भी आज होती हुई नजर आ रही है तो उपाय क्या करना है कि पूरा दिन शुभ जाए पहली बात तो आज आपको कहीं पर निवेश नहीं करना है धन संबंधी किसी भी मामले में आज, आज आपको निवेश करने से बचना है दूसरी चीज यहां पर आज हम बताना चाहेंगे जीवन साथी के साथ आज, आज आपको व्यर्थ का बात विवाद नहीं करना है बाद विवाद से आपको बचना रहेगा तो उपाय के तौर पे आज हम चलिए आपको उपाय बताते हैं गणेश अथर्व शीर्ष का आज आपको पाठ करना रहेगा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपके समस्त मनोकामना की जो है सिद्धि करता हुआ नजर आएगा शुभ कलर की यदि हम बात करें तो ग्रीन कलर आज आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की यदि हम बात करें तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा हाँ आपको बी नाम और पी नाम के लोगों से विशेष सावधान रहने की जरूरत है अगली राशि की ओर बढ़ते हैं वृषभ राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो वृषभ राशि के जातकों आज भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव भरा दिन रहने वाला है आज अपना व्यवहार नरम और लचीला रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा सही समय का आने का इंतजार करिएगा तब आप अपना सही मूव करिएगा पेशेंस से काम लेना है अपने बिजनेस में धैर्य से आज आपको काम लेना है इसके साथ साथ आज रोजमर्रा के कामों में कुछ हो सकता है कि धन संबंधी मामलों में रोजमर्रा के काम में ज्यादा पैसा खर्च हो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परचेज करते हुए आज आप नजर आ रहे हैं तो वृशभ राश के जात को मायूस मत होइएगा स्थिति बिगड़ेगी लेकिन शाम तक की अपने आप सुलझ जाएगी खर्चा ज्यादा रहेगा आलस से ज्यादा रहेगा परिवार में थोड़ी बहुत अनबन आज होती हुई नजर आ रही है तो उपाय के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि आज हरी सब्जियों को आज, आज आपको गाय को खिलाना रहेगा ब्लू कलर नीला कलर आपके लिए शुभ रहेगा अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा एम नाम और जी नाम के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है चलिए मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो मिथुन राशि के जातक को आज दिन सामान्य रहने वाला है कोई खास काम या चुनौतियां नहीं होंगी जीवन साथी के साथ आनंदमयी क्षण आपके बीतेंगे घूमने कहीं बाहर जा सकते हैं कार्यक्षेत्र में कोई नई योजना बनाते हुए आप नजर आएंगे चूंकि आज पैसों की स्थिति भी आपकी काफी मजबूत रहने वाली है निवेश और खरीदारी के अवसर आज आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं और प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आज शेयर मार्केट में यदि आपने पूर्व में निवेश किया हुआ है तो कुछ फायदा मिलता हुआ आपको नजर आएगा ऑफिस या फील्ड में किसी की बुराई करने से आज आपको बचना है करना क्या है दही में काली मिर्च और थोड़ी सी शक्कर डालकर आपको खाना है आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो ग्रीन कलर शुभ कलर रहेगा अंक 6 शुभ अंक रहेगा आपको एस नाम और एफ नाम और एफ, इन दो नाम के लोगों से विशेषकर सावधान रहने की जरूरत है चलिए लाइव राशिफल हमारा ये चल रहा है तो कुछ कमेंट हम पढ़ लेते हैं शशांक जी लिखते हैं नमस्ते जी शशांक जी नमस्कार जी आपके दिए उपाय जिंदगी बदल दिए धन्यवाद उसका शशांक जी ये आपका प्यार है देखिए दर्शकों लाइव कमेंट कमेंट में भी अब हमारे फीडबैक दर्शक देने लगे हैं राज चौधरी जी लिखते हैं चंचल सिंह जी शशांकन सा उपाय मयंक दुबे जी लिखते हैं देखिये इंडियन ऑयल में है मयंक दुबे जी ये बड़ोदरा में है इनसे हमारी बात हो चुकी है और बहुत ही नेक दिल बहुत ही अच्छे व्यक्ति है लोगों की हेल्प करना कोई इनसे सीखे तो मैं दुबे जी राम राम भगवान आपको इतनी शक्ति दे इतनी सामर्थ्य दे कि आप कई लोगों की मदद करिए मिथुन गोस्वामी जी लिखते हैं राधे राधे सर जी मिथुन जी श्री राधे श्री कृष्णा चंचल सिंह जी लिखते हैं गुरु जी मुझे भी कुछ उपाय बताइए दीपक भट्ट जी लिखते हैं राम राम सर जी दीपक जी राम राम प्रसुन्न मंडल जी लिखते हैं राम राम सर तो राम राम प्रसन्न जी पीयूष मिश्रा जी लिखते हैं नमस्कार गुरु जी पीयूष जी नमस्कार सूरज जी लिखते हैं राम राम जी तो सूरज जी राम राम सभी लोगों के कमेंट देखिए हमने पढ़ लिए अब आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा फटाफट लाइक करिए तो मिथुन राशि के बाद जो हमारी अगली राशि आती है आती है कर्क राशि कैंसर तो जो आज आप सोचेंगे वो आसानी से करते हुए नजर आएंगे व्यक्तिगत कामकाज में प्रगति हो सकती है आज आप जो नया कदम उठाएंगे समय आने पर उसका नतीजा बहुत अच्छा मिलेगा इसके साथ साथ ज्यादातर जरूरी मामले आज सकते हैं वाहन खरीदने का योग बन रहा है आज आप विचार ला सकते हैं अगर नहीं खरीदते हैं तो ये भी हो सकता है कि आज आप वाहन की बुकिंग करा दें पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है पैसों की चिंता आज आप मत करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा इसके साथ साथ कुछ लोग आज आपसे पैसों की मदद मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं आज अपना चाहते हुए भी कहीं किसी से उलझ सकते हैं इससे आपको बचना है वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा निवेश करने से पहले किसी बड़ों की राय राय क्या करना है भगवान को आज अर्घ देना है करना है। इसके साथ साथ पर नेटवर्क की कुछ किए हुए हैं राशिफल हो सकता है पूरा ना हो पाए तो इसके लिए हाथ जोड़कर अभी से हम आपसे क्षमा चाहते हैं सिंह राशि के बाद हमारी जो अगली राशि आती है कन्या राशि कन्या राश का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है आप जीवन साथी के साथ घूमने कहीं बाहर जा सकते कंपटीटिव यदि आज आप जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है हो सकता है कि कोई यदि आपका रिजल्ट आने वाला है तो आपके पक्ष में बेरोजगार लोगों को नया सृजन मिलता हुआ नजर आ रहा है इसके साथ साथ आज खर्च होगा आमदनी दस रुपए की होगी तो खर्च पंद्रह खर्च के लिए आपको हम उपाय स्काई ब्लू कलर आपका शुक्र वाहन आपको बहुत सावधानी पूर्वक चलाना पड़ेगा कोर्ट कचहरी के, के मामलों में भी आज आपको सफलता मिलती हुई नजर नहीं आएगी अपने के स्वास्थ्य को लेकर आज कुछ चिंता का विषय आपको बना रह सकता है प्रातः काल से यात्राओं का योग है लंबी दूरी की यात्राओं का आज तुला के लिए उपाय क्या करना है उपाय के तौर पर आज आपको गाय को पालक सरसों का साग हो गया पालक हो गया धनिया हो गया हरी यह आपको गाय को खिलाना रहेगा अब आपको लगना है तो गाय में नामक को बता दिया है कई बार बताया है तो ये बहुत अच्छी शुभ राशि कलर आप शुभ अंक नौ रहेगा आपको नाम के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं देखिए राशिफल हम बहुत बोल रहे हैं कि आए, है ब्रॉडबैंड जो बंद हो गया है तो प्लीज इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा एक मिनट दर्शकों फिर से आ गया है तो असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आज अपने आप पांडित्य पूर्ण बातों से चतुर्ता से उलझे मामले सुलझा सकते हैं आज आपके बहुत से कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं दिन आपके लिए शुभ है कामकाज में सुधार होने का योग बन रहा है जल्दी ही कुछ नए मौके आज आपको मिलते हुए नजर आएंगे आज परिस्थितियों का फायदा उठाने में आपको लेट नहीं करना है समय रहते ही परिस्थितियों का फायदा उठा लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा कोई नया विचार बार बार आपको परेशान कर सकता है कुछ काम आपको कठिन या असंभव लग सकते हैं किसी काम को लेकर आपके मन में कुछ हिचकिटाहट हो सकती है आज रोमांटिक मूड रहेगा घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक होते हुए भी वृश्चिक रास के जो हमारे ये जातक हैं ये नजर आ रहे हैं तो करना क्या है आज आपको देखिए आज पीपल के पौधे के नीचे आपको देसी घी का दीपक जलाना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए वाइट कलर शुभ कलर रहेगा अंकाठ आपका शुभ अंक रहेगा पी नाम और क्यू नाम के लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है चलिए अगली राशि की ओर बढ़ते हैं धनु राशि तो धनु राशि धनुराशि राहत महसूस करेंगे छुट्टी मनाने के लिए हालांकि धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है शादी के ऑफर होते हुए नजर आएंगे सोचे हुए काम आज आपके पूर्ण होंगे आज चार पहिया और दो पहिया कुछ भी आप खरीद सकते हैं कुल मिलाकर व्हीकिल खरीदने का आज मुहूर्त है समय है इसके साथ साथ आज नई प्रेम कहानी की शुरुआत हो सकती है तो करना क्या है सबसे पहले तो अपनी वाड़ी पर नियंत्रण रखना स्वस्थ शब्दों का प्रयोग करिएगा नहीं तो ऑफिस या फील्ड में किसी से विवाद हो जाएगा धनराश के जातकों को आज गणपति जी को मोदक का भोग आपको लगाना है अगर मोदक नहीं मिलता है तो बेसन के लड्डूओं का भोग लगा दीजिएगा बहुत ही उत्तम रहेगा येलो कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा और नंबर नौ अंक नौ आपके लिए शुभ अंक रहेगा इस नाम टी नाम के लोगों से विशेष सावधान रहना है कैप्रिकॉन मकर राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो दिन भर उत्साह और कॉन्फिडेंस रहेगा अच्छी कोई गुड न्यूज आज आपको मिल सकती है अच्छी खबर मिल सकती है आज आपकी ज्यादातर समस्याएं खत्म होती हुई नजर आ रही है आज कई तरीके के आज आप जो काम करना चाहेंगे उसमें की गई कोशिशें सफल रहेंगे इसके साथ साथ माता पिता के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग है आज धार्मिक क्रियाकलापों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे धार्मिक गतिविधियों में आगे बढ़ेंगे इसके साथ साथ पैसों के मामलों में आज आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है अन्यथा आपका विश्वास कोई तोड़ता हुआ नजर आएगा तो करना क्या है आज हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है और खीर का भोग लगाना है ब्राउन कलर आपका शुभ कलर है अंक दो आपका शुभ अंक है आपको ए नाम और एन नाम के लोगों से सावधान रहना है कुंभ राशि क्वायर आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है देखिए कनेक्टिविटी जाने से कितनी समस्या हो जाती इतने लोग जुड़े हुए थे सब लोग चले गए खैर समय बहुत महत्वपूर्ण होता है दर्शकों देखिए आप लोग लाइक कम कर रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बगल में बनना बेल आइकन घंटी दबाइए और हमारे इस वीडियो को जम शेयर किया करिए आप लोग कंजूसी क्यों करते हैं कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि के जातकों जीवन शैली में आज कुछ बदलाव हो सकते हैं सुधार हो सकते हैं आज बहुत बातूनी मूड में आज, आज आप रहेंगे लोगों के साथ कई मामलों में आज चर्चा हो सकती है उच्चाधिकारियों के साथ स्वस्थ डिबेट स्वस्थ चर्चा हो सकती है बिजनेस पार्टनर के साथ लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत और यात्राओं का योग बनता हुआ नजर आ रहा है घर परिवार की परेशानियों पर आज आपको ध्यान देना होगा और तरक्की का कुल मिलाकर योग बन रहा है बस उलझना नहीं है किसी से आज किसी गरीब कन्या को यदि आप मिठाई देते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा चलिए कुछ कमेंट यदि आपकी जाजा हो पढ़ शुभ कलर की हम बात करें तो आपके लिए ब्लैक कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छ आपका शुभ अंक रहेगा आपको पी नाम और एस नाम के लोगों से सावधान रहना देखिए किशोर जी लिखते हैं राम राम जी किशोर जी राम राम ब्रजेश जी राम राम जी मोनिका जी नमस्ते जी और रेमी जी लिखते हैं नक्षत्र स्नेहा त्रिपाठी जी लिखते हैं भैया प्रणाम स्नेहा जी हमेशा सुखी रही राजीव गोयल जी विशाल श्रीवास्तव जी लिखते हैं प्लीज रिप्लाई विशाल जी आपने कमेंट किया, किया है आपने मेरे सवाल बताया नहीं विशाल जी देखिए बहुत छोटा सा ये लाइव राशिफल का सिलसिला होता है इसमें हम क्या आपको बता दें तो प्लीज इसके लिए क्षमा करिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज अपॉइंटमेंट ले लीजिए शुल्क के साथ वो सुविधा है फिर चर्चा करिए जिस चीज पर करनी हो अंतिम राशि की ओर बढ़ते मीन राशि आ जाती है मीन राशि के जात आज संतान पक्ष से आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएंगे आ रहा आज आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं किसी खास काम के लिए कुछ लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे आलत से और तनाव बढ़ सकता है पैसों को लेकर ज्यादा जोखिम ना ले तो बहुत अच्छा रहेगा साथ काम करने वाले लोग आपके स्वभाव व्यवहार से आज कुछ परेशान हो सकते हैं सावधान रहिएगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा कोर्ट कचहरी के मामलों में आज कुछ अधिक सफलता आपको नहीं मिलेगी कोई रिश्तेदार का आगमन हो सकता है तो इन सब पर आज हो सकता है खर्च आपका ज्यादा रहे आज करना क्या है आज आपको चाय पत्ती का दान देना रहेगा थोड़ी सी ले लीजिएगा दस पाँच रुपये जो भी यथा सामर्थ्य आपकी होती है चाय पत्ती का दान किसी धर्म स्थान पर भी आप कर सकते हैं किसी गरीब को भी दे सकते हैं शुभ कलर की बात करें तो पिंक कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा आपको के नाम और बी नाम के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है तो दर्शकों देखिए ये तो था हमारा राशिफल मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल अब देखिए तृतीय तिथि है तो आज माता गौरी का पूजन कर सकते हैं नमो शिवाय नमः दिव्य महादेव प्रताय समता तो माँ गौरी की पूजा करने से आज सभी कार्यों की सिद्धि होगी और दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पढ़ लीजिएगा तो बहुत उत्तम रहेगा एक दीपक जला लीजिएगा तिल के तेल का उसके बाद पढ़िएगा तो दर्शकों ये तो था हमारा उन्तीस अगस्त दो का दैनिक राशि बीच में कुछ नेट की कनेक्टिविटी चली गई थी इस कारण आपको कुछ असुविधा हुई होगी तो इसके लिए हाथ जोड़कर हम आपसे क्षमा प्रार्थी क्षमा मांगते हैं तो दर्शकों दीजिए अपने इस से को इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और हाँ प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर आप लोग करिए